स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंडिया क्या है मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट तो क्रिकेट के तो मोमेंट कुछ होते ही कहीं फनी कहीं एक्सीडेंट कहीं कुछ तो कुछ हो जाता गड़बड़ तो देखते हैं ना कुछ फनी मोमेंट कुछ क्रेजी भी कुछ मैटर कुछ देखेंगे उनमें आग लगेगी और हम वॉच करेंगे चलो भाई देखो क्या तो बॉलर ने गलती से बॉल पकड़ा और उसको मारा स्टेम्पर ब लगा ही नहीं इतना क्लोज होके कहीं कहीं दूर का निशान लग जाता है पास का लगता ही नहीं है सो मिस्टेक कितना सारा टेंशन हो गया उसको उसके सर में से धुआं निकलने लग रहा है देख रहे हैं आंखें तो पटी के फटी रह गई है मेरी देख के कि भाई कैसे हो सकता है ये इतना कुछ तो कूलर लगा दो उसके लिए यार बात तो सही है, <laughs> तो, है। तो बॉलर ने बॉल फेंका और उसको लगा और उस टम्पे लग गया डायरेक्ट और उसने बॉल पकड़ा फिर उसने स्टंप को उठा लिया वो और उसमें आउट हो गया ना होगा आउट। स्टंप उठा लिया, उसने और सामने से प्लेयर आके उसको क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा आउट आउट आउट। हो गया, आउट हो गया, गया, अच्छा। पहले मुझे देखने भी में समझाने में एंगल जब वो साइड हुआ तो उसने बॉल फेंका तो प्लेयर झुकी गया और उसको डर तो लगेगा ना ऑलमोस्ट यार <laughs> कोई अचानक से बॉल आया तो पागल छितिया तो बोल ही दिया रहेगा उसने समझ रहे हो माई सम... गॉड oh उसका पैर देख रहे हो भाई कुछ भी हो सकता है भाई स्लीप हो गया बहुत जख्मी हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं उठ के खड़ा हो गया वो सब पैर एकदम मुड़ी गया सो डेंजर्स <laughs> देखने के साथ साथ दिख रहा है उसने मारा बॉल और उसने खुद ही पेड़ से मार दिया दूर और प्लेयर लोग को मौका मिल गया भागेंगे दो तीन रंग इतना उस बॉलर को अक्ल ही नहीं है यार फुकड़ में टीम को अपने हरा दिया लगा शायद मुझे लगता है नौ बॉल पर छका मारते अभी उसमें कहाँ पे से मारा देख रहे हो इधर से। यार एपिक। पहले क्लिप में देखने में कुछ समझा ही नहीं मुझे कैसे आउट हुआ पर बाद में जब बैक कैमरा यूज हुआ तो उसके पैर पर लगा और तब खुद ही आउट हो गया हमें देखना जीत गए यार जीत गए ये एकदम अजीब है यार एकदम अजीब सब प्लेयर सो गए सब सो गए क्यों सोए पता नहीं वो भी सो गया जो बैट्समैन भी था सो so फन है यार क्यों सोए पता नहीं किसी को बस सब सो गए ग्राउंड भी खाली और सब सोए पड़े <laughs> ये क्या मिस्टेक ये क्या है कि जान बुझो उसने पहना है एक पैर में सपोर्ट और एक पैर में पहना है चाहे कुछ चार्ट बिट लगा रहे उसे या फैशन ये भी तो हो सकता है यार सोचो दूसरा भी तरीके से बॉलर ने बॉल फेंका और माय गॉड घोट बॉल गया किधर उसके हेलमेट के अंदर <laughs> नसीब किसी कुछ लगा नहीं डैमेज हुआ नहीं कुछ बॉल बस उसके अंदर चला गया हेलमेट में भी सोचता गया कंफ्यूज कि होकर बॉल मेरी आंखों के सामने हेलमेट के अंदर सो बिग एक्सीडेंट यार बॉल उसके लगा के चले गए और वो प्लेयर तो देखे ऑलमोस्ट यार बॉल आया और टायरेक्ट मुंह के बाजू से गया फट गई रेगी, चार हो गई रेगी, बिन हेलमेट के ऊपर से छूट जाता है यार ये है कि बॉल डाला उसने पाकिस्तानी प्लेयर ने और क्या बॉल किधर पकड़ा उसने है? बॉल छूट भी गई और आउट भी नहीं किया उसने <laughs> क्या ऑसम पाकिस्तानी प्लेयर है यार वफाकि दे यार देख रहे बॉल उसने पकड़ा वरबर आउट भी कर सकते तो नहीं उसने बॉल इसके हाथ से छूट गया सो मिस्टेक्स चुट ये कभी कभी गल और सामनेॉलर की मेहनत भागता है पाकिस्तानी तो हाँ प्लेयर ने मारा और वेस्ट इंडीज प्लेयर ने बॉल पकड़ा और उसने ओ दोनों की टकराव हो गई यार कहाँ देख के चले थे आसमान में क्या नसीब उसने भाई बात के उसके लड़के ने तो भाई आउट हो जाता लगा रहेगा उसको बहुत ज़ोर से हेलमेट है। गिर गया उसका पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी प्लेयर पे एक और ऐसा ऑलमोस्ट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बैकाइकन दबा दो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं यार किधर जाऊँ को नहीं